अस्टेनो एम डिक्टेशन ऋषि प्रणाली अभ्यास एकावन गति 40 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होती है अस्टार्ट वैसे तो बहुत से लोग राष्ट्रपति की हैसियत से भारत के बड़े बड़े शहरों में समय समय पर भ्रमण करते रहे हैं परंतु पंडित जी ने ही प्रथम रातों रात और दिनों दिन गाँवों में घूमकर सबसे बड़ा और सबसे अच्छा तूफानी दौरा किया है सर्वसाधारण जनता में पहले पहल कांग्रेस का बिगुल फूकने का श्रेय इन्हें दिया जाए तो अनुचित ना होगा गरीब किसानों ने पहले ही से सिर्फ जवाहरलाल जी का नाम सुना था परंतु जब तक वे उनके बीच में नहीं गए थे तब तक वे बेचारे ना उन्हें समझते थे और ना कांग्रेस को पंडित जी की बात बात में जादू का असर है अतः इनकी बातें सुनकर पहले तो वे लोग एकाएक बहुत ज़्यादा अचंभे में पढ़ गए थे बाद में उन्हें पहले पहल मालूम हुआ कि अब तक हम अंधेरे में थे सचमुच भारत हमारा और हम भारत के हैं कम से कम वे समझने तो लगे कि स्वतंत्रता हमारा जन्म अधिकार है और इसके बगैर हम पशुओं से भी खराब है पैराग्राफ टंडन ने भाषण देते हुए कहा कि जहां तहां से दिन ब दिन आने वाली खबरों से मालूम होता है कि आगामी युद्ध ज़्यादा से ज़्यादा एक दो वर्ष दूर है इसीलिए भारत को सबसे पहले हिंदू मुस्लिम एकता की बड़ी आवश्यकता है सबसे बुरा तो यह है कि हिंदू मुसलमान यह जानते हुए भी अभी तक ज्यों का त्यों 36 का नाता बनाए हैं। दूसरी बात है खादी और देसी माल को व्यवहार में लाने की जिसके बगैर हमारे देसी धंधे नहीं पनप सकते उसके बगैर हम सच्ची आज़ादी भी नहीं हासिल कर सकते समाप्त थैंक यू